कार्यक्रम जो आप लोग देख रहे हैं श्री की गुरु महाराज के सुषमा जी इस गांव के निवासी जिन्होंने गुरु पूर्णिमा पे गुरु के दरबार में जाके दीक्षा ली है और उनकी भक्ति दिन दुगनी रात सौगनी बढ़ भी रही है लेकिन हम बहुत दिन से उन्हें इशारा कर रहे थे कि गुरुजी का सत्संग लेकिन उनकी माता जी की तबियत बोले माता जी तबियत ठीक हो तब करवाएंगे है तो, तो हमने कही ठीक तो, तो, कब होगी समय का कोई पता नहीं है तो हमने कहा ऐसा करो कि लाओ एक दिन के लिए चलते हैं फिर सब कुछ हो जाएगा और एक दिन की कह के, के, के आए घर से और यहाँ पे गुरुदेव की संध्या इसलिए कर दी कि हो सकता है उनकी माता पिता के कान में अगर ये शब्द पहुंच गई संध्या गई तो कितना बड़ा काम हो जाएगा समय का कोई, तो पता, कोई नहीं पता नहीं होता है किसके कि मरते समय भी अगर एक गुरु का शब्द तो कान तो में पड़ गया तो वो मरेगा नहीं वो तर जाएगा इसलिए कभी लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए लिए। कभी अच्छे भी अच्छे काम में देरी मत करना और बुरे काम में सदा देरी करना कभी कोई बुरा काम कोई कहे तो कह देना हाँ परसों करेंगे तब तक उसका भी दिमाग बदल जाएगा तुम्हारा ही बदल जाएगा लेकिन अच्छे काम में कभी देरी मत करना जितनी जल्दी हो सके अगर कोई अच्छा ऑफर आए कोई कह दे कि गुरु महाराज की संध्या गुरु महाराज का सत्संग होना है क्या तुम करवा पाओगे तो कह दो कि मेरे पास जो कुछ है ये ने तो हमें आदेश दिया है कि तुम्हें कोई अगर एक फूल भी विदाई पे देना तो भी तुम चले जाना और गुरु महाराज की मेहमा को बता देना जाके गा देना जाके तो हम तो सिर्फ एक फूल के ऊपर सत्संग करते हैं कोई मांग नहीं है हमारी केवल मांग इतनी है कि अपने समय को शांतिपूर्ण शा, शा, शा, ढंग से देना, देना, देना, देना। और गुरु महाराज के चरणों में जो भी आप प्रसाद लाएंगे चढ़ाने के लिए श्री गुरु महाराज उसे भोग लगाकर आपको ही खिला देंगे देना, देना। और आपको ये प्रसाद शब्दों के माध्यम से जो मिल रहा है वो तो आजीवन के लिए छोड़ के जाएंगे प्रेम चोलो सतगुरुदेव भगवान की एक बार की बात ये बात हम इसलिए बता रहे हैं एक बार की बात एक आदमी था भगवान का वान नाम ले रहा था, था।, था और फ्रेश होते, होते हुए खेतों में गया।, गया।, गया राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारद जी उधर से निकले बड़ी गुस्सा आई नारद जी को नारद जी बोले ये भगवान का नाम और लेटरिंग करते भी ले रहा बताओ लोग नागे लेते हैं ला उसे शराप दे देते नाराज जी ने जैसी श्राप देने के लिए खड़े हुए, हुए फिर सोची जैसे हम सोचते जी सो से ही नाराजी नाराजी नाराजी नाराजी गुरु से नाराज जी ने सोची नाराज जी गुरु कौन है ये नाराण तुम्हारा नाम जप रहा बिना नहाए विष्णु जी के पास पहुंचे विष्णु जी महाराज चले बोलो हम तो श्राप दे देंगे तो मेरे प्रभु का उल्लंघन कर रहा है बताओ लोग नहा के नाम जपते हैं बिना नहाए वो भी ऐसी क्रिया करते हुए तो भगवान जी ने कहा कि शराब देने से दे पहले उसे पूछ तो लो, दो लोग नारद जी भेष बदल गये एक ब्राह्मण का भेष रखा और उस भक्त के पास पहुंचे बोले क्यों भाई लोग ना के नाम जपते हैं भगवान का और तुम भी नहीं नहाए और वो भी अशुद्ध रूप में उसने कहा हे ब्राह्मण देवता हम आपसे एक प्रश्न करें बोले हाँ बताओ उसने कहा ये बता दो हमारी मृत्यु किस दिन होगी हमारी मृत्यु किस दिन होगी और किस समय पे होगी नारद जी चक्कर में पड़ गए बोले क्या कह रहे हो बोले हम ये पूछ रहे हैं आपसे आप तो ज्ञान ही कि हमारी मृत्यु किस समय पे होगी नारद जी बोले ये तो हमें भी नहीं मालूम भगवान से पूछ के आए क्या करें बोले नहीं भगवान से पूछने की जरूरत नहीं हम बता दे बोले बताओ राम का नाम लेकर जो मर जाएगा तो अमर नाम दुनिया में तर जाएगा राम का नाम लेकर जो मर जाएगा अमर तो नाम दुनिया में तर जाएगा का तुम ये भजन गाते प्राण करिए तो, तो। नारद जी ने सर पे कहा बारह वारा, वारा, वारा भक्त तो धन्य है हम तो जानते थे हम ही बहुत बड़े भक्त हैं ये हमसे ही बड़ा भक्त है इसे जरा भी जरा भी वो नहीं है यानी कि तसल्ली नहीं, नहीं है।, है कहीं हमारे लेटरी करते हुए प्राण निकल गए तो ये ये आपका भजन कैसे सत्य होगा इसलिए हर समय सुमिरन भगवान का गुरु का नाम का हर समय करना चाहिए अगर हम नहा भी पाए तो भी ठीक है अगर ना भी ना पाए तो भी भगवान तो कहते हैं प्रभु के शब्द है आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती है और परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं होता है उसको जैसी स्थिति में हो आप वैसी स्थिति में भजन कर सकते हैं उसका नाम सुमिरन कर सकते हैं प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की राम का नाम लेकर जो मर जा दुनिया में तर जाएंगे ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे जिधर भेज देगा उधर जाएंगे राम का नाम देकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे प्रेम से सोलू सच्चे दरबार की जय